तो कैसे आज हम करने वाले सुपर कार वर्सेस नॉर्मल कार तो चलो कैसे ये आ चुके स्कॉर्पियो तो चलो कैसे हम चलाते हैं ओके तो चलो कैसे खाली मैंने कैसे इसमें रेस दबा के रखी है तो कैसे देखते हैं अब इसकी हालत क्या होगी ओके भाई साहब वैसे एक्साइटमेंट है ओके भाई साहब एक कूद चुके है स्कॉर्पियो बाय साहब ये गिरी बाय साहब एक टप्पा खा लिया ओके भाई साहब ये नीचे की ओर आ रही है तो कैसे ये फायर जैसा क्या आया अभी ओके तो कैसे स्कॉर्पियो की तो हालत बहुत खराब हो चुकी है तो कैसे अब आ है सुपर कार की वो भी कैसे लैमबॉगनी तो चलो कैसे अभी हमने इसे कूदाया भाई ये तो अभी डेर हो गई यार ये तो आधी टूट भी गई अभी भाई साहब अभी तो खेल बाकी है अभी क्या हो गया ओके तो कैसे ये लैंड हो चुकी है भाई साहब तो कहीं से कूदाया भाई साहब इसका हाल क्या होगा ओह भाई साहब तो कैसे गई के भाई साहब तो कैसे इसकी भी हालत खराब है तो कैसे अब हम देखते हैं कौन सी कार जीती है तो बस मेरे हिसाब से तो कैसे स्कॉर्पियो जीती है क्योंकि